यह ऐसे नहीं होता तो मैं शासन में बैठा हूं मुझे मालूम है किस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता अरे यार नेपाल का रुपया नहीं गिरता है बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा जवाब देना पड़ेगा आपको देश से जवाब मांग रहा है आपकी अवकात बता रहा सर बुरा नहीं मान सर आज तक डिजिटल बड़ी ब्रेकिंग रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट डॉलर के मुकाबले बयासी रूपए तैतीस पैसे पहुँचा रुपया पहली बार ओपनिंग में इतना नीचे गिरा रुपया तो रुपए में अब तक की सबसे रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है डॉलर के मुकाबले बयासी रूपए तैतीस पैसे आरोप पहुँच गया है रुपया पहली बार ओपनिंग में इतना नीचे गिरा है रुपया, <laughs> तो रुपया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए तुम्हें शरम है कुछ कुछ शरम आया है